रतलाम के आलोट में किसानों को खाद के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को यूरिया खाद के लिए परेशान होता देख विधायक मनोज चावला खाद गोदाम पहुंचे जहां उन्होंने खुद ही गोदाम का शटर खोल दिया और किसानों को खाद ले जाने के लिए कह दिया किसान खाद गोदाम के अंदर घुसकर कर यूरिया खाद की बोरियों को बाहर लेकर आए इस दौरान विधायक ने तीखे अंदाज में अधिकारियों को फटकार भी लगाई वहीं इस मौके पर विधायक ने खाद न मिलने पर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है आलोट में किसान दो दिन से गोदाम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाकर खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे यूरिया गोदाम में लगा डिजिटल सिस्टम फेल होने की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी जिसको देखते हुए आलोट विधायक मनोज चावला खाद गोदाम पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने किसानों की बात सुनी और तीखे तेवर रखते हुए गोदाम का शटर खोल दिया शटर खुलते ही किसानों ने खाद की बोरिया उठानी शुरू कर दी किसानों ने गोदाम के बाहर प्रांगण में सभी खाद की बोरियां रख दी विधायक मनोज चावला ने अधिकारियों को बुलाया और लताड़ लगाते हुए उन्हें किसानों को डिजिटल अंगूठे की बजाय पावती पर खाद देने के आदेश दिए इसके बाद अधिकारियों ने टोकन दिया और किसानों को खाद देना शुरू कर दिया इस मौके पर विधायक ने कहा शिवराज सिंह चौहान की सरकार किसानों को खाद देने में विफल रही है यहाँ तक की कि किसानों को ट्रांसफार्मर भी नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से खेतों में पानी भी नहीं मिल पा रहा है और अब खाद के लिए किसानों को दिन दिन भर परेशान होना पड़ रहा है हम किसानों के साथ खड़े हैं भाजपा की भ्रष्ट सरकार में किसान खाद के लिए लाइनों में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है बाजार में खाद की भरपूर कालाबाजारी की जा रही है आला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 पार्टी में भी पार्टी में भी खाद नहीं दे रहे क्या दो हो को कब से परेशान है लोग कब तक पावती पावती में में वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है